हेलो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं जो आपके कम्पटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स मैंने आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं अगर आप किसी भी कम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कंपिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब करें ग्रो अप स्टडी क्वेश्चन नंबर वन गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था आपके सामने चार ऑप्शन है गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है लुम्बनी में हुआ था अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है शाक्य के कुल में हुआ था बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एक एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बोध गया सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है धर्म प्रवर्तन गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी ऑप्शन नंबर ए राइट right आंसर है कुशीनगर में जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बौद्धों का त्रिपीटक किसका धर्म ग्रंथ है फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपीटक किसका धर्म ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पाली भाषा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था ऑप्शन नंबर बी राइट right आंसर है सुबध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बिंबसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है फ्रेंड्स। ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है घोड़ा गौतम बुद्ध द्वारा भिचुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध द्वारा बिच्छुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वैशाली निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर ए सही है राइट आंसर राजगृह में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कुंडलवन में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहा आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पाटलिपुत्र में निम्नाकित कथनों पर विचार करें चैत और विहार में क्या अंतर है फ्रेंड्स चैत का मतलब होता है पूजा स्थल जबकि विहार का मतलब निवास स्थान ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अशोका राम विहार कहां स्थित है फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोकार कहाँ स्थित था अशोकाराम विहार कहां स्थित था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पाटलिपुत्र गौतम बुद्ध का गुरु कौन था फ्रेंड्स ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आलार वह आद्य तम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है क्या है फ्रेंड्स ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह आदित्य तम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जातक बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे श्रावस्ती में श्रावस्ती में निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा गया है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है आपके सामने ऑप्शन है गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से एशिया की रोशनी कहा जाता है और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ग्रो अप स्टडी